तो हेलो दोस्तों वेलकम बैक इन अनादार न्यूज तो दोस्तों आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे पिक्सेल ऐप से बैकग्राउंड थंबनेल बनाए और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो तो कुछ ऐसा ही आपको बैकग्राउंड थंबनेल बनाना सिखाऊंगा तो आपको क्या करना है आपको पिक्सेल ऐप आप ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है कैंसिल से कर देना है और यहाँ पर ऊपर की साइड डिलीट का ऑप्शन है डिलीट पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है और नीचे की साइड आपको इस आइकन पे क्लिक करना है करते ही आपको यहाँ पर कलर दिख जाएगा कॉर्नर पे कलर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर ग्रेडियन दो यहाँ पर कलर कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे आपको ग्रेडिय पे जाना है और प्लस के आइकन में जाना है आपको यहाँ पर ऐसे ही दो दिखने को मिल जाएंगे आपको पहले वाले में क्लिक करना है क्लिक करते आपको कलर का ऑप्शन दिख जाएगा उस पर क्लिक करते आपको यहाँ पर क्या करना है वाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और दूसरे वाले दूसरे वाले पे आपको क्या करना है कलर पे जाके आपको यहाँ पर कोई भी कलर कलर सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी मर्जी आप लोग वो कलर यहाँ पर ले सकते हो यदि आप लोग यहाँ पर ब्लू भी ले सकते हो रेड भी ले सकते हो तो यहाँ पर हम लोग लेंगे येलो कलर लेने के बाद आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट कर देना है कुछ ऐसे एडजस्ट कर देने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और ऊपर की साइड थ्री डॉट्स आपको दिख रहा है थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज साइज तो आपको इमेज साइज पे जाके यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो तो आपको रेशियो सिक्सटीन मतलब आपको YouTube थंबनेल में कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है और देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा थंबनेल बैकग्राउंड बन चुका है तो आपको दूसरा भी आपको बनाना सिखाता हूँ तो आपको फिर से प्ले प्लस के बटन में जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लस के आइकून आई में जाना है और यहाँ पर दूसरे वाले पर आपको जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को दूसरा कलर भी लेके दिखा देता हूँ कि अच्छा दिख रहा है या नहीं तो यहाँ पर ब्लू हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे और दोस्तों आए तो अब अच्छा तो आप आपको वीडियो अच्छा लगा है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना मत बोलना और ऐसे आपको टेक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत तो दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय